कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक बिहारी जी चैनल आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू और कश्मीर राज्य में आई हुई पंचायत सचिव की वैकेंसी के बारे में जी हाँ मित्रों जम्मू और कश्मीर जो कि भारत के स्वर्ग भारत के या दुनिया के ही स्वर्ग कहे जाते हैं तो ऐसे मनोरम वातावरण में ऐसे जो धरती की जन्नत ये कही जाती है यहाँ अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो ये मौका आपके लिए है जी हाँ मित्रों पंचायत सचिव के एक पदों के लिए जी हाँ तेरह पदों के लिए 6 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन मित्रों एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पद निकलकर सामने आ रहे हैं पंचायत सचिव के और 6 जुलाई आपकी आखिरी डेट है तो अभी काफ़ी समय है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ परीक्षा के दौरान वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे गलत उत्तर के लिए एक बटे चार अंक काटा जाएगा जम्मू और कश्मीर सेवा चैन बोर्ड ने पंचायत सचिव के तेरह सौ पदों पर काम करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए जी हाँ मित्रों अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय से हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपकी आयु 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी वेतनमान की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल दो के अनुरूप प्रतिमा वेतन दिया जाएगा आवेदन शुल्क क्या रहेगा तो मित्रों आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पाँच देना होगा और आरक्षित वर्ग को शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी कैसे करें आवेदन जी हाँ मित्रों जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि केवल ऑनलाइन मोड में ही आप आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तो मित्रों इसके लिए वेबसाइट है जे इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं चयन आपका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जीरो दशमलव दो पाँच प्रतिशत की माइनस मार्किंग होगी पदों के विवरण को देखें तो जनरल या यूआर के छः सौ संतानवे पद एस के 118 एसटी के 138 सौ के लिए चौवन पद एल आई के चौवन आर बी के एक सौ के सत्तावन और ई के 132 सौ बत्तीस पद यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं तो मित्रों ये थी आज की वीडियो आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ टेक बिहारी जी चैनल के साथ और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलते रहें और भी जो भी इस तरह की वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल के सामने आती है किसी भी राज्य की हो भले ही तो मेरे द्वारा ये साझा करने का प्रयास रहता है बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सहयोग इसी तरह बनाए रखें बहुत बहुत धन्यवाद